से में कंटेंट हम हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम भी हो सकती है हमारे बीच में लेके जो आ रहे हैं मिस्टर कुलदीप बिरवाल जी He belongs to the government model sanskriti school, and and working as district commerce and state टू दॉलोर्सन मीन क्या है? ये हमारे को नहीं, ये हमारे कर रहे है आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है इससे पहले एक स्टेट लेवल की हुई और उससे पहले एक हमारे state में से चुने गए कुछ लोगों को एनसीआरटी ने training provide की एंड ही बिलोंग्स टू द स्टेट रिसोर्स पर्सन या ये कहेंगे एस आर जी कैटेगरी तो ये इनके बारे में कुछ बताना चाहू वैसे यदि बात करें तो बहुत ही यदि ये कहें वीडियो एडिटिंग और यदि हम कहें टेक्नोलॉजी के बहुत ही माहिर जिसे हम ये कहें द्रोणा चाह रहे फॉर द नेशनल आई सी टी अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन में नेशनल आई सी टी अवार्ड के लिए इन्हें शॉर्ट on development of of e e-content for the the state resource group of science states or UTs, conducted by डिपमेंट ऑफ ई कॉन्टेंट फॉर द स्टेट रिसोर्स एनसीआर प्रोवाइड की और उसी में की की से गए और बड़े हमें प्राइड की बात है कि हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट से दो लोग मिस्टर अरुण शर्मा कुलदीप बिरवाल दे बोथेड फॉर द एस आर participated as resource person in 10 days workshop. On development of e content conducted by the training training provide हासिल किया उस ट्रेनिंग के अंदर बहुत से ऐसे लेक्चर जैसे ओपन छोट की बात करें या कुछ और बहुत से ऐसे लेक्चर है जो मिस्टर कुलदीप बिरवाल के द्वारा लिए गए और ये वहां पर भी रिसोर्स पर्सन थे इसका हमने वहां पर बहुत कुछ सीखा Participated as resource person in one-day training program on development of e-content conducted by the SCRT. SCRT ने particular one-day का तालाब से program में रहा. उसके अंदर भी रहे. उसके अलावा यदि हम बात करके चले, one thirty times educational videos telecasted on the set. And on the set के ऊपर जो आप video देख रहे हैं, जो बच्चों को link जा रहे हैं, तो business studies के maths video they are given and they are presented by Mr. Kuldeep Birlal. So let's welcome Mr. Kuldeep Birlal. With the session, OER and licenses. Thank Thank you you so much. Thank you, जी. आप अपना जी. सेशन जी थैंक यू सतीश जी. Okay, जी, जी, जी, जी आपकी बात सही जी जी धन्यवाद आपकी बात सही शुरू करता हूँ आपने कहा कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन मैं उसमें थोड़ा प्लस कर देता हूँ कि हम नियर टू परफेक्शन जा सकते हैं तो स्लाइड शेयर करता फटाफट से बड़ा ही टॉपिक जो, जो हम आज हमने जो मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग सीखी उसमें भी ये अपना अहम रोल प्ले करेगा और जो हम पी सी के ऊपर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं उस समय भी इन सभी चीजों की हमें बहुत बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आप सभी ई e कंटेंट की जिन जिन साथियों ने अध्यापक साथियों ने ट्रेनिंग ली है तो उनको बताया भी गया था कि आपको कॉपीराइट राइट इश्यू से बचना है आपको इमेजेस कहाँ से उठानी है इस... Yes. और दोनों के के के के ऊपर ऊपर जो जो है वो थोड़ा -थोड़ा ब्रीफ रखूंगा। वो थोड़ा-थोड़ा रखूंगा। रखूंगा। सारी जरूरी e बहुत -बहुत जरूरी चीजें मैं आप लोगों साथ करूंगा एक लिए बहुत-बहुत हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओई असल में है क्या इट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आर टीचिंग एंड लर्निंग मेटीरियल दैट यू मे फ्रीली यूज एंड री यूज एट नो पोस्ट एंड विदाउट नीडिंग टू आस्क मतलब एक ऐसा रिसोर्स है ऐसा मेटेरियल है जिसको हम विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनी पोस्ट हम किसी के भी द्वारा बनाया गया हो उसको हम यूज कर सकते हैं तो उसको हम ओ बोलते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं हमारी एक तो आ जाता है हमारा फ्रीडम और एक आ जाता है हमारा लाइसेंस ये दो चीजें जो है मिलकर ओ को क्रिएट करती हैं फ्रीडम की बात कर लेते हैं सबसे पहले आता है एक्सेस आप लोग एक्सेस करने के लिए फ्री हैं आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन किसी के द्वारा भी बनाया गया हो मान लो मेरे द्वारा अगर कोई वीडियो बनाया गया है तो यूट्यूब पर हमने अपलोड किया है तो वहां पर हमें ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस या फिर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस तो अगर हम स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस करते हैं तो अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कोई और सेम अपने चैनल पर अपलोड करता है तो तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब के द्वारा आ जाती है मतलब आपने बिना जिसने वीडियो बनाई है उसकी बिना परमिशन के आपने उसके मेटेरियल को यूज कर लिया तो यूट्यूब के पास तो ऑटोमेटिकल एक ऐसा एल्बोरिदम बनाया हुआ उन्होंने वो तुरंत कैच कर लेता है इसके अलावा हम कॉपी करने के लिए जो है वो है इशू है आप वीडियो का कोई भी हिस्सा उसमें से ले सकते हैं यूज कर सकते हैं अडोप्ट कर सकते हैं मतलब दो तीन चीजें आपस में जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं जैसे हम अपने अध्यापक साथियों की वीडियो जो है वो बच्चों के साथ में शेयर कर लेते हैं मैं कॉमर्स का हूँ मेरी वीडियो जो है हरियाणा में दूसरे अध्यापक भी यूज कर लेते हैं या कोई हिंदी या अंग्रेजी की वीडियो बनाता है तो हम उसकी वीडियो अपने स्कूल में बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं फिर दूसरा हमारा आ जाता है इसी के अंदर लाइसेंस, जिसमें एट्रिब्यूशन आ जाते है हमारा एट्रिब्यूशन का मतलब होता है कि हम जब भी किसी का मटेरियल यूज करें तो उसको हम श्रेय देते हैं यानी कि कुछ इस तरह की बात लिखते हैं क्रेडिट गोज टू उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं क्रेडिट गोज टू दलबीर सर to provide us this type of workshops in future also इस तरह का हम credit देकर उसको use कर सकते हैं एक होता है शेयर share शेयर लाइक मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीयूज का लाइसेंस दे देना उनको उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम उसको री यूज कर सकते हैं दोबारा से किसी के द्वारा बनाया गया कोई भी ई कॉन्टेंट से रिलेटेड कोई ऑडियो हो सकता है कोई पिक्चर हो सकती है कोई वीडियो हो सकती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं फिर एक होता है नॉन कमर्शियल नॉन कमर्शियली मतलब हम किसी पैसा कमाने के उद्देश्य से ना अगर उस ई कंटेंट को यूज कर रहे हैं तो वो भी हम यूज कर सकते हैं एक होता है नो डेरिवेशन नो डेरिवेशन क्या होता है कि हम सेम टू सेम ओरिजिनल जैसा है उसको वैसे का वैसा लें उसमें कोई किसी भी प्रकार के एडिशन एडिटिंग वगैरह ना करें मतलब जिसने बनाया और जो उसे यूज करेगा दोनों लाइसेंस मैंशन करेंगे कि कौन सा लाइसेंस हम यूज कर रहे हैं अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लाइसेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं तो जिससे तो इसका हमें ध्यान रखना है कोई बीच में क्वेरी आए सतीश जी तो ले लीजिएगा प्लीज बीच में क्योंकि समय थोड़ा कम है उसके बाद ओ के बारे में ही थोड़ा सा और री क्या होता है क्योंकि ये शब्द मैंने यूज किया है यूज द कॉन्टेंट इन इट्स अन फॉर्म मतलब उसको आप छेड़ेंगे नहीं उसको एडिट नहीं करेंगे और उसको हम सेम टू सेम हम उसको यूज कर लें जैसे मान लीजिए आप आ, किसी अध्यापक साथी ने या किसी ने वीडियो किसी कंटेंट के ऊपर बनाया है और आप पूरा चैप्टर उसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो उस कंटेंट को आप उठाकर अपने वीडियो में एड कर सकते हैं आप उसको एडिट ना करें रिवाइज उसके बाद में अडप्ट कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफाई सबसे थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है इम्प्रूव कर सकते हैं उसको या फिर बीच वाला कोई कंटेंट अल्टर कर सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी अध्यापक साथी ने कोई वीडियो बनाया और वो एग्जांपल दे रहा है उसी का एग्जाम्पल उसमें जैसे की बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए या फैशन में चेंज हो जाए इसके अंदर मान लीजिए मैंने बनाया और सिर्फ मैंने बोलते हुए अपना फेस दिखाते हुए या पीपीटी शो करते हुए उसको दिखाया है और आप में से किसी साथी के मन में ये आइडिया आ जाता है कि अगर मैं ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें अगर मैं पिक्चर ऐड कर दूं बा से रिलेटेड पिक्चर ऐड कर दूं तो हम उसको कहेंगे फिर अल्टर कर दिया कंटेंट के अंदर मॉडिफाई कर दिया कंटेंट के अंदर फिर रीमिक्स की बात कर लेते हैं कंबाइन द ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड कॉन्टेंट विद अदर ओ टू क्रिएट सम न्यू मतलब जो ओरिजिनल है और कुछ हम उसके अंदर नया एड कर लें रिवाइज कर ले उसको कुछ और ज्यादा अच्छा बना लें जिससे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो है वो कुछ नए तरीके का दिखाई देने लग जाए रिडिस्ट्रीब्यूट शेयर कॉपीज ऑफ ओरिजिनल कॉन्टेंट रिविजन और रिमिक्स विदर्स तो कोई के अंदर हम कॉपीज को ओरिजिनली शेयर कर सकते हैं रिवाइज करके शेयर कर सकते हैं या फिर रिमिक्स करके शेयर कर सकते हैं मतलब ओरिजिनल के साथ में हम अपना हिस्सा जोड़कर उसको रिमिक्स बोलते हैं रिटेन की बात कर लेते हैं कीप एक्सेस टू द मेटीरियल आफ्टर द लर्निंग इवेंट आप कुछ समय के लिए उसको यूज करने के लिए दे सकते हैं जैसे कि ये पीपीटी मैंने क्रिएट की है और मैं ये चाहता हूं कि इस पीपीटी को सिर्फ मैं यूज करूं कोई और यूज ना करे तो मैं उसका सिर्फ पासवर्ड वर्जन जो है वो अपने अध्यापक साथी को दे दूंगा अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो, तो वो वहां पर जिस भी वर्कशॉप में इसको यूज करेगा उसके बाद में मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा कि कहीं और उसको यूज करे तो मैं अपना ओरिजिनल लर्निंग कॉन्टेंट जो है वो वापस ले लग उसके बाद हमारा आ जाता है आवश्यकता क्यों पहला पॉइंट द वेल मतलब एक टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी अगर किसी ने बहुत बढ़िया एजुकेशनल ई कॉन्टेंट बनाया है तो उसी कंटेंट के ऊपर फिर से किसी और को उतनी मेहनत ना करने पड़े तो इसीलिए ओई जो है हम किसी और की मेहनत को अपना समय बचाते हुए उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं जैसे मैंने वीडियो बनाई या सतीश जी ने वीडियो बना रखी हैं, या फिर अरुण जी ने बना रखे, है या जितने भी अध्यापक साथी जुड़े हुए हैं उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सब्जेक्ट की काफी सारी वीडियो बना रखी हैं। तो जो वीडियो ऑलरेडी किसी चैप्टर पे बनी हुई है हम हमने जैसे पढ़ा कि हम उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो इस प्रकार के रिड्रीब्यूशन ताकि सबका समय भी बच जाए सबकी मेहनत बचे ताकि और नए नए इन्वेंशन उसी फील्ड में किए जा सके तो ओ आर जो है वो आवश्यकता पड़ी उसकी फिर शेयरिंग गुड प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जितना हम किसी के द्वारा किए गए काम को हम बार बार यूज करेंगे बच्चों का भी उतना फायदा होगा और अध्यापक का भी होगा जैसे हमने जब ट्रेनिंग ली थी तो उसमें जो बातें सीखी थी हमने वो आगे फॉरवर्ड की जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली उन्होंने और आगे फॉरवर्ड कर दी आप तक पहुंच गई धीरे धीरे तो एक अच्छी जो है वो शेयरिंग है फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है हमें जितनी वीडियो एडिटिंग आती थी आज के बाद में जो हमने काइन मास्टर सीखा हमारे अंदर बहुत बढ़िया एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के रूप में ये यूज है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम यूज ही नहीं करते एडिटिंग करना एक बहुत अच्छी आदत होती है एक बहुत मेहनत भरा काम है लेकिन उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना उससे भी बढ़िया काम है मतलब एडिटिंग जो है वो इतना आसान जितना दिखता है एक्चुअल में उतना होता नहीं है मैं आजकल अक्सर जितने भी अध्यापक साथी फोन के लिए फोन पे बात करते हैं उनके साथ अक्सर शेयर करता हूं वीडियो एडिटिंग के बारे में कि हमें पहले वीडियो बनानी होती है मान लीजिए 30 सेकंड के वीडियो बनाई फिर उसको हम एडिटिंग में लगाएंगे फिर हर सेकंड हर मिनट को हम उसको सुनेंगे जहाँ कोई पिक्चर लगानी है कोई ब्लर लगाना है बैकग्राउंड रिमूव करना है वो एडिट करनी है मतलब 30 मिनट की वीडियो बनाई 30 मिनट उसकी एडिटिंग, के सुना, और फिर सारी एडिटिंग करने के बाद रेडी करने में थर्टी थर्टी थर्टी यानी कि डेढ़ घंटा जो है वो हमें उसका लग गया और इस बात की भी छोटी है कि जब आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो आप जैसे आज तक वीडियो बना रहे थे उसमें आप लोगों को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बैरियर्स ऑफ़ द लर्निंग बहुत सारे ऐसे हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज के अभाव में जानकारी के अभाव में उनको कर नहीं पा रहे थे लेकिन इस चीज की बिल्कुल है कि जैसे ही आपके टेन डेज की ये वर्कशॉप पूरी होगी तो आपके बहुत सारे बैरियर्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे कल काफी सारे अध्यापक साथियों ने पॉडकास्ट में बहुत ही इफेक्टिव ऐसे बढ़िया बढ़िया तरीके से वो मतलब अपनी वॉयस को प्रस्तुत कर रहे थे बड़ा ही मन खुश हुआ शाम को जब हम WhatsApp में देख रहे थे हालांकि WhatsApp में आप शेयर ना करें आप वहां क्वेरीज करें तो बहुत बढ़िया क्लासरूम में शेयर करें हम वहां भी देख सकते हैं इसको तो बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ने में ओ आर जो है वो कामयाब रहा है फिर नेटवर्किंग प्रॉब्लम एंड टीचिंग प्रैक्टिशनर्स ये तो आप सभी जानते हैं इसके ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जहां जहां हम रहते हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि हर एक के पास में बहुत बढ़िया नेटवर्क रहा हो नेटवर्क में दोनों चीजें आप ले सकते हैं इंटरनेट नेटवर्क हो सकता है या फिर हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं कोलिग्स वगैरह होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है वो जरूरी नहीं है कि सभी का बहुत बढ़िया हो तो वहां पर भी ओईआर जो है वो हमारी हेल्प करता है हम हमें एक आइडिया देता है ओई आर की इसको इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है ये वीडियो की फॉर्म में है इसको ऑडियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोई ऑडियो के फॉर्म में था उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फिर लास्ट इसमें बहुत सारे मन में आइडियाज आते हैं और हम उनको और ज्यादा सुधरे हुए रूप में उन वीडियोज को उन ऑडियोज को क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने कल पॉडकास्ट के जो ऑडियो शेयर किया उससे हमें भी बहुत सारे आइडियाज मिल गए जिस प्रकार से आप लोग कर रहे थे उसको तो बहुत सारे फर्टिलाइजेशन या आइडियाज खुलकर सामने आने शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ी चीज तो यही होती है किसी भी चीज को हम सीखना एक अलग चीज होती है और उसको क्रियान्वयन रूप देना उसको क्रियात्मक रूप देना उसको प्रैक्टिकली रूप देना तो जितना ज्यादा आप इन चीजों को प्रैक्टिकली देंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों के आइडियाज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे ओ आर कैन भी क्या क्या हो सकता है ओ आर हमारा फटाफट से पढ़ देता हूं सतीश जी टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्टिविटीज एंड लैब्स में हम इसको यूज कर सकते हैं असेसमेंट्स में हम यूज करते हैं कि किसी के द्वारा जैसे कि असेसमेंट की मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ सतीश जी ने इंट्रो में बताया था सॉरी तो दलबीर जी ने भी कल बताया था कि मेरे द्वारा लगभग सेवेंटी प्लस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो है वो मैंने बनाए हैं वो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं आप तो भी उनको यूज कर सकते हैं अपने बच्चों की टेस्टिंग करने के लिए तो असेसमेंट्स में OER बहुत जो है वो आ, स्कोप है इसके अंदर ऑडियो लेक्चर में हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि हमें आ, मन की बात इसका एक इस जो है वो बहुत बढ़िया उदाहरण है प्रधानमंत्री जो मन की बात शेयर करते हैं वो ऑडियो लेक्चर्स के रूप में हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि तो वो ओपन एजुकेशन रिसोर्स के रूप में है के स्टडीज में हम यूज कर सकते हैं इसको आ, थीसीज में हम करते हैं एक चैप्टर आता है सेकंड चैप्टर जो होता है उसमें हम एम या के अंदर हम उसको करते हैं दूसरों का रेफरेंस देकर हम अपने से रिलेटेड फिर उसके बाद कैरिकुलम स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं हम सीबीएसई -E, हरियाणा बोर्ड के स्टैंडर्ड्स को सॉरी कैरिकुलम्स को हम यूज कर लेते हैं दूसरे बोर्ड भी दूसरे बोर्ड की जो है वो कैरिकुलम को आपस में शेयर करते हैं डिस्कशन फॉर्म्स में हम कर सकते हैं फुल कोर्स में इवन तो हम कर सकते हैं इसको गेम्स वगैरह में हम ओई कर सकते हैं गेम्स वगैरह दूसरों के साथ शेयर करते हैं जहां पर भी शेयरिंग री रीबिल्ड रीमिक्स इत्यादि ये सारे के सारे आप महसूस करते हैं वहां सभी जगह ओई मिलता है आपको होमवर्क असाइनमेंट इमेजेस वगैरह कर सकते हैं इलिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं हम दूसरे का यूज कर सकते हैं इंट्रैक्टिव टेक्स्ट को हम यूज कर सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट काफी लेते होंगे जब जब आपको आवश्यकता महसूस करती है तो वो वही आ रही है एक तरह से लेसन प्लान्स हम दूसरे के यूज कर सकते हैं रीडिंग यूज कर सकते हैं रिव्यू यूज़ कर सकते हैं सिमुलेशन कर सकते हैं आप लोगों ने YouTube पे देखे होंगे मूवीज वगैरह के रिव्यू लोग डालते हैं तो वो ओपन एजुकेशन रिसोर्स के रूप में आप उसको ले सकते हैं यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं आ, प्लीज म्यूट कर लेंटिस इन इंडिया इंडिया के अंदर जो कुछ ऐसी पहल हुई हैं, तो उनके थोड़े से नाम मैं आपको बता देता हूँ एनपीटीएल है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन आंसर लर्निंग है जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप लोगों को ओपन उपलब्ध करवाता है इसकी वेबसाइट है वहां से जाके कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं एनआरओईआर -E है जो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है यहाँ पर भी ये भी वेबसाइट है यहाँ पर जो मटेरियल अवेलेबल है आप उसको री कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट ऑस्कार आई आई है ये Repository है पर से आपको आपको बहुत सारा मिल जाएगा आप उसको रीयूज कर सकते हैं NIOS जो है वो आप लोगों ने सुन रखा है एक चीज है इंडिया जो कि टीचर एजुकेशनल थ्रू स्कूल बेस्ड स्पोर्ट है जो एनसीआर के द्वारा चला गया है इसकी भी वेबसाइट है आप यहाँ पर जाकर भी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड या टीचर से संबंधित कोई भी मेटीरियल अपने जो है वो यूज़ कर सकते हैं की खासकर जो कि खास वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के उन्होंने सुन रखा वो कॉपीराइट लेकिन एस भी इस चीज के ऊपर काफी कंसंट्रेट कर रही है कि इस प्रकार की हम एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट करें जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए तो उसके आ, कुछ तरीके हैं मेरे ध्यान में अभी आ गए बिल्कुल आ, जिससे हम बच सकते हैं कॉपी के बारे में जान लेते हैं कॉपी राइट ऑनरशिप गिफ्ट ऑनर द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज दर्क कॉपी राइट एक अधिकार देता है किसको जिसने उस मटेरियल को क्रिएट किया है बनाया है कि किसी और को वो परमिशन दे कि उसको यूज कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं मॉड कर सकते हैं या ना दे वो उसकी इच्छा है वेन ए पर्सन क्रिएट एन ओरिजिनल वर्क फिक्स्ड फिक्सिबल मीडियम ही और शी ऑटोमेटिकली ओन्स कॉपीराइट टू दिस वर्क जो भी उसको बनाएगा ऑटोमेटिकली उसका कॉपी राइट समझ लिया जाएगा वर्क एलिजिबल फॉर कॉपी ऐसे कौन से काम हैं जो कॉपी के अंदर आते हैं सो फास्ट हो, सर. सर, so हो रहा है थोड़ा सा हल्का साइम बता दें सर एक बार। टाइम सर आई थिंक 11:54. फिफ्टी ट्रो वी आर नियर टू ट्वेल्व आप लोग इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहे तो कर सकते हैं आप किसी भी मूवी को अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड करके देख लीजिएगा तुरंत कॉपी राइट स्ट्राइक आ जाएगा और आपकी वीडियो वहाँ से हटाने के लिए वो करेगा फेसबुक पे भी कर सकते हैं आप इस तरह के तो और ऑनलाइन वीडियोस तो सेम है ये सारी चीजें टीवी शोज हम एज इट इज उठाकर नहीं देख सकते कोई कोई भी चल हैं फेसबुक पर लाइव चलाएंगे तो स्ट्राइक आ जाएगा। आएगा जो उसका एक्चुअल में ऑनर है उसके पास साउंड रिकॉर्डिंग हो गई म्यूजिकल कंपोजिशन हो गई आप किसी की भी जैसे कोई गाना है मूवी का गाना है आप अपने वीडियो में अगर उसको शामिल करेंगे बेशक आपने उसको एडिट कर दिया तो उसका कॉपीराइट तो हम साउंड रिकॉर्डिंग्स के ऊपर भी जो एज इट इज आप बुक लिखना चाहेंगे तो आप किसी की भी बुक को कॉपी नहीं कर सकते आप अगर बुक लिखना चाहते हैं तो आप किसी की बुक को रीड करके उसको अपने शब्दों में तो लिख सकते हैं लेकिन एज एट इज आप उस बुक की कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि तो कॉपीराइट रहता है उसमें विजुअल लाइक कोई पोस्टर है कोई चार्ट है किसी की द्वारा की गई आ, डिजाइनिंग है हम उसको एज एट इज कॉपी नहीं कर सकते आ, आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है पेंटिंग पोस्टर्स और एडवर्टिजमेंट भी हम एज एट इज कॉपी नहीं कर सकते वीडियो गेम्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनके ऊपर भी जो है वो इस तरह का यहाँ पर भी, आ, कोई कोई तो पर भी हम जो है वो कॉपीराइट लगा सकते हैं ड्रामेटिक वर्क सच प्ले है नाटक वगैरह हो कोई म्यूजिकल कोई चीज हो तो वहां पर भी हम जो है वो कॉपीराइट लगा सकते हैं इवन तो आप लोग भी आ, थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर होंगे जितने भी हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर होते हैं वो भी एक जैसे दिखाई नहीं देते तो वहां पर क्या स्ट्राइक आता है वहां पर आता है विजुअल वर्क का यानी कि वो डिजाइनिंग वाली जो बात है वो सेम टू सेम आप लोगों को डिफरेंट कंपनीज में देखने को मिलेंगी सभी अलग अलग मिलेंगे इवन तो उनके लोगोस भी अलग अलग मिलते हैं जो लोगो लगे हैं। हो सकते हैं मतलब कि क्या हम उस कॉपीराइट वाले मटेरियल को क्या हम यूज कर सकते हैं द आंसर इज यस इन कंडीशन तो शुरू में लगती गई कुछ सर्कमस्टांसेज हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज ए कॉपी राइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट मतलब उसको बिना सूचना दिए ओनर को या उसको सूचना दी दोनों कंडीशन में क्या हम उसको तो यूज कर सकते हैं तो आंसर तो यस है लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी जिनके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे जैसे कि की गिवन क्रेडिट टू जैसे शुरू में बताया था attribution वाला आपको क्रेडिट देकर जो है उसके को यूज कर सकते हैं किसी के अध्यापक के द्वारा बनाया गया वीडियो आप यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए इतने से इतने मिनट के बीच में जो वीडियो यूज किया गया तो उनके द्वारा किया गया हम उनको क्रेडिट देना चाहते हैं चार्जेज फॉर द कॉपी ऑफ द कॉन्टेंट आप उस कॉन्टेंट की रिकॉर्डेड द कॉन्टेंट योर सेल्फ फ्रॉम टीवी आप टीवी से अपना रिकॉर्ड कर लीजिए थिएटर से कर लीजिए और रेडियो से कर लीजिए कर लीजिए poster और फोटोग्राफ से लीजिए लेकिन कंडीशन वही आएगी कि आप आप अच्छा। उसमें बहुत सारे आप तो, हैं हो रहा। choose the, choose तो कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं सिर्फ उसी मेटीरियल को उठाते हैं जो रीयूज के री लिए अवेलेबल होती है जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था तो मैंने एक्सपेरिमेंट इस चीज के ऊपर करके देखा था मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली और उसपे लाइसेंस अलाउ कर दिया था कि आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं और आई थिंक महीने दो महीने बाद जब मैंने उसको गूगल पे सर्च किया और किसी दूसरे के द्वारा अपनी वेबसाइट को दिखाया जाएगा तो तो जब, जब मैंने अलाउ कर, तो कर दिया फ्री कर, कर दिया जब मैंने उसको अलाउ कर दिया री के लिए क्योंकि मैंने उसपे से लाइसेंस हटा लिया तो फिर मैं उस पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए एलिजिबिलिटी अपनी खो देता हूँ अगर मैं उसको लाइसेंस वीडियो ही रखता हूँ तो फिर किसी और व्यक्ति की जो है वो यूज नहीं करेगा अगर करेगा तो उसमें इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन इतनी ज्यादा अल्ट्रेशन उसमें कर देगा कि उसमें से फिर कॉपीराइट आने के क्योंकि उसने क्या किया उसमें क्रिएटिविटी अपनी कर दी आइडिया मेरे से लिया लेकिन उसको इतना बढ़िया ढंग से मोल्ड कर दिया कि उसको फिर से री के लिए अवेलेबल कर दिया अब कर लेते हैं हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस लाइसेंस बात किस-किस प्रकार के के हमारे पास में अवेलेबल मीटिंग लिए जा रहे हो क्या इन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि लाइसेंसेस हैं जो गड़बड़ कराते हैं या ये लाइसेंसिस हैं जो हमें डायरेक्शन देते हैं किसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल पे डालते हूँ थैंक यू सतीश जी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सॉरी uh, आगे चला गया okay. uh, क्या सतीश जी विजिबल है क्या जी? जी जी जी, जी, जी, तो इस हालांकि इसकी अलग अलग हरे की डिस्क्रिप्शन है तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया ये डायग्राम जो है वो सफिशियंट है उस सारी चीजों को समझने के लिए डिटेल में अगर समझने चलेंगे तो टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा आप चाहें तो इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं वो सारी जरूरी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ पब्लिक साइड में, में सिंबल बने वो उसके सिंबल है, ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक डोमेन लिखेंगे तो ही चलेगा साथ वाला सिम्बल भी अगर आप लगा देंगे तो भी जो है वो उसमें आ जाएगा पहली वाली रो जो है वो जो ऑरेंज कलर की है जिसके ऊपर कॉपी एंड पब्लिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब जहां पर ये टिक लगा हुआ है वो इसके लागू हो गए तो ऑरेंज वाली है वो यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी पब्लिश डिस्प्ले एंड कम्युनिकेट एक्स्ट्रा यानी कि पब्लिक डोमेन के अंदर हम कॉपी और पब्लिश कर सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक डोमेन सीसी बाय By, ऐसे ये लाइसेंस के नाम है सभी के तो पहले वाले लाइसेंस के नाम पे चल रहा हूँ जिसका नाम पब्लिक डोमेन है तो आप कॉपी पब्लिश कर सकते हैं मतलब मैंने कोई अगर वीडियो या कंटेंट क्रिएट किया और उसके नीचे या फिर उसमें कंडीशन लगा दी कि पब्लिक डोमेन के रूप में है ये तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं आप उसको पब्लिश कर सकते हैं आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कहीं पे आप ये चीज को पढ़ के सुना सकते हैं लेकिन सेकेंड वाला जो रो है हमारा उसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पे क्रोज कर दिया यानी कि Attribution क्या था किसी को क्रेडिट देने वाली बात थी तो इसमें public domain के अंदर मुझे क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर मैंने अपने की को रेड वाली लाइन में हूं मैं ग्रीन वाली लाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ओरिजिनल वर्क के रूप में पब्लिश कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं लास्ट वाली लाइन में जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसके अंदर क्या चेंज लाइसेंस कर सकते हैं यस yes कर सकते हैं मैं जब चाहे लाइसेंस के टाइप को बदल सकता हूं या बिल्कुल ऐसा छोड़ सकता हूँ सेकेंड वाली लाइन पे चलते हैं सीसी बाय बाय इसका सिंबल है जो ये सर्कल के अंदर बना हुआ है ये सीसी बाय बाई का है क्रिएटिव कॉमंस डी पहले वाली लाइन पे चलते हैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं की है बिल्कुल ियल ई कॉन्टेंट यूज कर रहा हूँ मैं उसको क्रेडिट दे दू की भैया मैं इसका मेटीरियल यूज कर रहा हूँ आपने बड़ा अच्छा बनाया है कमर्शियल यूज कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सीसी बाइक को लाइसेंस चेंज कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं लाइसेंस चेंज का मतलब यह है कि शुरू में मैंने ई कंटेंट क्रिएट किया और उस पर मैंने पब्लिक डोमेन जो है वो लाइसेंस लगाया कभी मेरा रिल किया कि हाँ अब काफी डिस्ट्रीब्यूट हो गया मैं चाहू तो लाइसेंस चेंज कर सकता हूँ उसको सीसी बाई लिख सकता हूँ सीसी बाई एस लिख सकता हूँ तो लाइसेंस चेंज का मतलब यहाँ पर यह है तीसरे वाले में चलते हैं सी सी बाई बाय क्या कॉपी पब्लिश कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्या एट्रिब्यूशन की जरूरत है हाँ बिल्कुल है क्या कमर्शियल यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या मॉडिफाई, वगैरह कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्या आप लाइसेंस कर सकते हैं नहीं कर सकते तो इसका मतलब अगर मैंने अपने ई e कंटेंट में सी सी बाय बाय दे दिया तो मैं उसको फिर फ्यूचर में उस लाइसेंस को चेंज नहीं कर क्या सभी पार्टिसिपेंट समझ पा रहे हैं जी कोई क्वेरी तो नहीं आ रही बीच में ठीक ठीक है। थीक, थीक, थीक, थैंक उसके फोर्थ वाला आ है। सीसी बार बार की के नाम है। क्वेरी नहीं उसके क्या कॉपी और पब्लिश कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या एक्ट्रीब्यूशन की जरूरत है क्या, हाँ, क्या कमर्शियल यूज कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं क्या मोडिफाई कर सकते हैं मेरे मेटेरियल को क्या आप मोडिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते इसमें कंडीशन है आप आप मॉडिफाई नहीं कर कर आप आप कर कर सकते सकते सकते सकते इसको एज ओरिजिनल वर्क यूज़ मेरा हैं हैं हैं क्या कर सकते है? हाँ, कर सकते हैं। वाले पे चलते हैं सीसी बाय बाय बाई सी क्या कॉपी पब्लिश किया जा सकता है हाँ बिल्कुल किया जा सकता है क्या ट्रीब्यूशन की जरूरत है हाँ जी बिल्कुल पहले वाले पब्लिक डोमेन में छोड़कर बाकी सभी में ही आपको सभी प्रकार के लाइसेंस में आपको जिसने भी कंटेंट क्रिएट किया है उसको क्रेडिट देना होगा कमर्शियल यूज कर सकते हैं को कमर्शियली यूज नहीं कर सकते आप एजुकेशनली यूज कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं अडप्ट कर सकते हैं लाइसेंस चेंज किया जा सकता है हाँ जी बिल्कुल जिया जा सकता है पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्टेड उसके बाद आ जाते हैं हमारा सीसी बाय बाय एनसीएसए कॉपी पब्लिश कर सकते हैं जी, कर सकते हैं एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड है बिल्कुल जरूरी है क्या कमर्शियली यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते uh, कुलदीप जी मैं भी चाहूंगा रोक सकते हैं तो जी आपका माइक अनम्यूट है है सर इसको म्यूट कर किस दिन अच्छा ये तो चलिए, साथ साथ कितने दे देते हैं <laughs> गीतु जब जब जी जब जी, जी मॉडल स्कूल रामगढ़ पांडवा आपका माइक भी प्लीज ऑन है है उसको म्यूट म्यूट मोड मोड पे पे अरे ये ये पैड जो सबको देंगे क्या सब तो वो कर दें या मुझे को होस्ट बना दें एक बार सर मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ तो स्क्रीन चेयर की हुई है तो मुझे ऑप्शन नहीं ये ये है सुन नहीं रहे हैं मुझे जितेंद्र राठौर जी को फोन कर लीजिए सर ही ओके ओके आज अनाउंसमेंट सर सर नहीं तो मिल मिल रहा रहा है पे एक है और क्या ऑफिस गए थे 10 दिन हो गए? ठीक धन्यवाद आपका धन्यवाद म्यूट करने के लिए तो ये लाइसेंस मैंने डिस्कस किया आप सबके साथ में आप उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा नहीं तो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे एक और छोटा सा डायग्राम है उससे भी काफी समझ में आ जाएगा किस प्रकार के लाइसेंस में हमें सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है किस प्रकार के लाइसेंस में हमें सबसे कम फ्रीडम मिलती है पब्लिक डोमेन आपने देखा था सबसे ऊपर था उसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम थी लेकिन जैसे जैसे आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नीचे बढ़ते चले जाएंगे बीवाई सी सी बीवाई एन सी जैसे डाउन में आ रहा है ये तो उसके हिसाब e के, के e तो तो दो छोड़ दीजिए ऊपर वाले जो दोनों है हमारे लाइसेंस है वो ओ ई आर के लिए बिल्कुल ओपन है लेकिन लास्ट वाले जो दोनों है वो बिल्कुल भी ओई आर के लिए जो है सूट नहीं करते तो इन फ्यूचर जब भी हम किसी के भी जो है वो कहें तो यूज तो मटेरियल को यूज़ करेंगे फिर मैं इन लाइसेंस को ध्यान सबसे पहले मैं वो लाइसेंस ढूंढूंगा और फिर उसके बाद में मैं उनको यूज करूंगा तो ये था ओईआर और लाइसेंस के ऊपर सेशन उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और इन फ्यूचर भी आप ओई और लाइसेंसिंग ओई आर का मतलब है आप किसी के मटीरियल को यूज कर सकते हैं मैंने कुछ वेबसाइट आपको बताई थी आप वहां से सर्च कर सकते हैं और लाइसेंसिंग का मतलब जब आप किसी का रीयूज करेंगे तो वहां पर इन सिम्बल्स को या वो लिखी हुई बात को आप ढूंढेंगे कि पब्लिक डोमेन में है या सी सी बाय बाय है वो देखें और उसी हिसाब से उसको री करें एडिट करें या ओरिजिनल के लिए बोलाएं जिनल यूज करें या कहीं लिखा हुआ कि उसको क्रेडिट देना है तो आप वो चीजें करेंगे तो कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो हमारे ई e कॉन्टेंट के ऊपर नहीं आएगा कुलदीप जीदार्लॉक इज आंग ठीक है नंदा सर डिपेंड करेगा ई e कॉन्टेंट किस प्रकार का हम बना रहे हैं हम जैसे वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं तो वेबसाइट पे बहुत सारे अध्यापक ऐसे होंगे जो ई कंटेंट तैयार करते होंगे मेटीरियल रेडी करते होंगे आप उस पे लास्ट में जाके छोटा सा लिख सकते हैं कि कंटेंट री अंडर द लाइसेंस उसका नाम लिख दीजिए सी सी बाय बाय सीसी बाय बाय सी ए वहाँ नीचे लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे बाकी हम सब सबसे ज्यादा ई कॉन्टेंट जो है वो यूट्यूब का यूज करते हैं तो जब हम वहां पर अपलोड करते हैं अपनी वीडियो या किसी दूसरे का वीडियो हम देखते हैं तो जहां डिस्क्रिप्शन होता है वहां आप क्लिक कीजिएगा और बिल्कुल बॉटम में चले जाइएगा वहां उस लाइसेंस की डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप कहें तो मैं यूट्यूब का जो है वो अपलोड वाला ऑप्शन जो है वो दिखा देता हूं अगर स्क्रीन शेयर का जो है वो अलाउ हो जाता है तो अगर कहें तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कि कहा होता है ये ऑप्शन स्क्रीन विजिबल है ना सतीश जी ठीक है ठीक है थैंक यू यूट्यूब का दिखा रहा हूं मैं आपको एग्जांपल और जी इमेज कैसे ढूंढनी है मैं कोशिश करता हूँ फटाफट से कि कैसे मिल जाएगी इमेज आपको कॉपीराइट फ्री वो भी फटाफट से बता देता हूँ देखिए ये हमारी वीडियोस हैं जैसे हम अपलोड करते हैं और कहा लिखा होता है मैं आपको दिखाता हूँ अगर मोबाइल में वो ऑप्शन होगा तो वेबसाइट पर तो होता ही है देख देखिए देख पा रहे होंगे आप आ, सबसे ऊपर कैटेगरी लिखा हुआ है जिसमें एजुकेशन लिखा हुआ है उसके नीचे देखिए लाइसेंस एंड राइट ऑनरशिप उसमें लिखा हुआ, लाइसेंस। तो, अगर लाइसेंस है, तो मेरे मेटेरियल को जो है वो कोई और अध्यापक साथी या कोई भी जो इस फील्ड में काम करता है वो यूज नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो सबसे नीचे आप देखिएगा क्रिएटिव कॉमंस एट्रीब्यूशन यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं एट्रिब्यूशन शब्द जोड़ दिया लेकिन क्रेडिट देकर यानी कि अगर इस YouTube यूट्यूब वीडियो को आप कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं तो आप मेरा क्रेडिट देकर इस वीडियो को यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये काम करता है YouTube वाली पर और अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि जो वीडियो एडिटिंग में जैसे सतीश जी ने आज बताया कि इमेजेस जोड़ सकते हैं वीडियो जोड़ सकते हैं तो वीडियो का तो मैंने आपको दिखा दिया इमेजेस का और फटाफट से आपको दिखा देता हूं कि कहां से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ढूंढ सकते हैं एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि कॉपीराइट फ्री इमेज हमें कहाँ मिलेंगी या कौन सी जो है वो कॉपी फ्री इमेज है तो गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहां मैं सर्च कर लेता हूं एप्पल और हमें इमेज सर्च करनी है तो इमेजेस पे मैं टिक कर लेता हूं ये एप्पल की इमेजेस आ गए शायद सतीश जी को याद आ गया होगा सतीश जी लेमन वाली इमेज याद आ गई होगी आपको सर बहुत अच्छे से जी धन्यवाद <laughs> जी उस पर भी चलेंगे सर तो ये तो गूगल पे सर्च करने वाला है ठीक है ये इमेजेस मैंने सर्च कर ली ये अंडर कॉपीराइट में आती है हमें क्या करना है हमें मोर पे टिक करना है ये आपको मोर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी मोर पे नहीं टूल्स होगा ये यहाँ पर टूल्स है इस टूल्स पे टिक कर लीजिए और यहाँ पर देखिए ये यूज राइट राइट लिखा आया होगा देख पा रहे होंगे जरूर और इस पर मैं टिक करता हूँ तो आप देखिए दो ऑप्शन आ गए थोड़ा छोटा कर देता हूँ पूरा स्क्रीन दिख जाएगा ये देखिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस तो हमें तो कॉपीराइट फ्री ढूंढनी है तो कॉपीराइट फ्री आपको मिलेंगी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में हम उस पर टिक कर देते हैं अब ये जितनी भी इमेजेस गूगल ने सर्च की है इन पर कोई भी कॉपी राइट नहीं आएगा जिसने भी गूगल के ऊपर इन सभी इमेजेस को अपलोड किया है उसने हमें परमिशन दे दी है वेरियस टाइप के लाइसेंस हमें पता चल गए हैं इसमें हमें ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इस इमेज को यूज करूं या नहीं करूं आप ये जो जितने भी इमेजेस अब दिखाई दे रही हैं, ये सभी उस प्रकार के लाइसेंस में गूगल ने हमें सर्च कर दी जिनको हम रीयूज कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं सेम टू सेम यूज कर सकते हैं ये तो एक तरीका है आप लोगों का अब दूसरा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ लीजिए मैं इसको क्लोज करके फिर से सर्च कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस प्रकार का इंटरफेस अपना ओपन होता है एप्पल में सर्च कर रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है आप क्या कर लीजिएगा इसको जो गूगल के अंदर जो वेबसाइट खुलती है वो मोबाइल वेबसाइट होती है हम इसको जो है वो लैपटॉप वेबसाइट बना लेते हैं जो कॉर्नर पर जो ये थ्री डॉट्स होती है सबसे ऊपर इस पर टिक कीजिए और बिल्कुल बॉटम में देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है आप उस बॉक्स को टिक कर देंगे तो ये अब लैपटॉप या पीसी वाली वेबसाइट बन गई है इसमें ज्यादा फंक्शन होते हैं तो अब एप्पल हमने सर्च किया था तो हमें इमेजेस चाहिए, इमेजेस टिक कीजिए। ये इमेजेस आ गई एप्पल की ये सारी की सारी कमर्शियल यूज के लिए हैं, यानी कि फ्री ऑफ लाइसेंस के लिए नहीं है हमें क्या करना है ये जो कॉर्नर पे टूल्स लिखा हुआ है इस टूल्स पे मैं टिक करता हूँ और ये यूज राइट जो लिखा आ रहा है इसके ऊपर टिक करता हूं और ये जो दो ऑप्शंस नीचे ओपन हो गए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस और दूसरा कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस लाइसेंस तो हमें क्रिएटिव कॉमन की चाहिए जो हमें अलाउ करता है ओरिजिनल वर्क यूज करने के लिए एडिट करने के लिए रिमिक्स करने के लिए जिस भी प्रकार से आप करना चाहें तो मैं इस पर क्रिएटिव करता हूँ अब जितनी भी इमेजेस आ रही है ये सारी की सारी मैं इमेजेज अपने एक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल यूज कर सकता हूँ या मॉडिफाई करने के लिए यूज करना चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ एक तो ये वाला तरीका है जहां से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो मिल जाएंगी एक दूसरा और बताता हूं आप गूगल ओपन कीजिए जहां हम सर्च करते हैं गूगल वाला सर्च और यहाँ आप टाइप कीजिए पिक्सा बाय हमारा इसकी ऐप भी आती है आप ऐप भी भी यूज़ कर सकते हैं एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे जितना भी है जितना मटेरियल वो फ्री ऑफ कॉस्ट री किया जा सकता है एडिट किया जा सकता है इमेजेस भी है इसपे साउंड भी है इसमें इसमें वीडियोस भी हैं मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से आती है ये प्लस पॉइंट ये है जो हम गूगल पे इमेजेस ढूंढते हैं उसमें आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारी इमेजेस आपको सर्च करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम वीडियो में इमेजेस को लगाते हैं तो वीडियो का जो पिक्सल साइज होता है जो स्क्रीन साइज हम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इमेजेस का ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो क्या होगा कि मोबाइल पर आपकी वीडियो की स्क्रीन तो पूरी दिख रही है लेकिन इमेज जो है वो बिल्कुल छोटी दिखाई दे जाएगी या बहुत बड़ी दिखाई दे जाएगी तो इसके ऊपर जो है आपको बहुत ही एच क्वालिटी की हाई डेफिनेशन क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं। अब इस पे आपको जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है ये सारी कॉपीराइट फ्री हैं। जैसे कि एप्पल मैं सर्च कर लेता हूं देखिए अब जितनी भी ये इमेजेस आई है ये सारी की सारी हम री कर सकते हैं ओरिजिनल यूज कर सकते हैं जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं ये सभी इमेजेस हमारे लिए अवेलेबल है जैसे मैं एक इमेज पे टिक कर देता हूं ये इमेज आ गई आप साइड में कॉर्नर पे देख सकते हैं फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है इसपे आप फ्री पे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी फिर इसके अलावा मैंने साथ साथ बोला कि इसपे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी हैं और इमेजेस हैं साइज के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर ये देखिए साइज आ गया जैसे आप वेट तो और हाइट दिखाना चाहें इसको दिखाएंगे वही जो है वो चीजें सर्च करेगा एक और चीज दिखाता हूं आपको इसके ऊपर सर्च करके जैसे एप्पल हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ इमेजेस लिखा हुआ है जहां मैंने एप्पल सर्च किया यहाँ आप टिक यहां पर आप जितनी भी ये चीजें हैं ये सभी हमें कॉपीराइट फ्री मिलती है इमेजेस में फोटो के रूप में हो सकता है विक्टर ग्राफिक के रूप में हो सकता है हिलस्टेशन के रूप में हो सकता है या फिर वीडियो के रूप में भी हो सकता है आप इसको यूज कर सकते हैं ये सभी के सभी इसने वीडियो सर्च की है आप कंपनी उसमें वीडियो में यही कंटेंट वाली वीडियो में अगर लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखाता हूं ये देखिए आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड साइंस वाली टीचर्स अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार की आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं एक छोटी सी क्लिप आपने काइन मास्टर में वो सीखा है जो पीसी के ऊपर काम करना पसंद करते हैं उनके लिए एक अलग से सेशन आएगा हम उसमें एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखेंगे